हेलो दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूँ जिसने सेवन टू एट मंथ में फोर हंड्रेड परसेंटेज से भी अधिक रिटर्न दिया है हाँ जी दोस्तों मैं एक फार्मा सेक्टर की दिग्गज कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ जिसने इतना दमदार रिटर्न दिया है उस कंपनी का नाम है मेडिको रेमेडीज एंड इस कंपनी के मार्केट कैपिटाइलाइजेशन की बात करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने एंजल वन का यहां पर एप्लीकेशन ओपन कर दिया है और यहां पर आप देख सकते हैं वॉच लिस्ट में आएंगे सिंपली आपको यहां पर मैंने मेडिको का शेयर पहले ही ऐड कर रखा है आप यहां पर सर्च करके ऐड कर सकते हैं यह एन एंड बी दोनों में ही लिस्ट है बात करें शेयर के करंट प्राइज़ की तो फोर्टी शेयर का करंट प्राइज चल रहा है अगर बात करें दोस्तों इस कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की तो आप देख सकते हैं इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है मैं आपको दिखाता हूँ तो इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन सेवन हंड्रेड करोड़ से भी अधिक है एंड इस बात करें इस और बात करें इस स्टॉक के चार्ट डिटेल में मैं आपको दिखाता हूँ इस स्टॉक के प्राइस के बारे में या आप देख सकते हैं डे टाइम फ्रेम का चार्ट है यहाँ पर हम पीछे चलते हैं तो आप देख सकते हैं दोस्तों इस स्टॉक का प्राइस यहां पर सितंबर महीने के आसपास यहां आप देख सकते हैं ट्वेंटी रुपीज़ था सितंबर एंड आप अभी यदि इसका करंट प्राइस देखो तो इस समय चल रहा है एट्टी सेवन रुपीज़ मतलब ऑलमोस्ट नाइन्टी के अराउंड चल रहा है मतलब ट्वेंटी से नाइन्टी हुआ शेयर का प्राइज़ आप देख सकते हैं इस स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है चलिए दोस्तों मैं आपको इस स्टॉक को मतलब बाई एंड सेल किस तरह कर सकते हैं एंजल वन में आपको दिखाता हूँ बाई के लिए बाई बटन पे क्लिक करना एंड सेल के लिए सेल पे सिंपली आप जैसे ही बाई के बटन पे क्लिक करोगे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरप्रेस यहाँ पर शो होगा आप चाहे तो डिलीवरी में लाना चाहें डिलीवरी या फिर इंट्रा डे पर आपको क्वान्टिटी मैंसन करनी है एंड नीचे लिमिट डालने पर आप खरीदना चाहें तो आप लिमिट पर खरीद सकते हैं जिस प्राइस में आप खरीदना एंड मार्केट पर तो मार्केट से एंड यहां नीचे आपको बाई पे क्लिक करना है जिससे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ़ एक एजुकेशन पर्पस के लिए था आम किसी भी स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं देते आप अपने हिसाब से एनालिसिस करके ही किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें एंड दोस्तों आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो एंजल वन पर आप फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं लिंक इन द डिस्क्रिप्सन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमें कमेंट सेशन में अपनी राय जरूर बताएं एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आपको हर स्टॉक रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे